मेहर में जन समस्या समाधान समिति ने नगर के 24 वार्डो के लिए निशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू की है एम्बुलेंस के लिए एक नंबर दिया गया है जिसमें कॉल करके नगरवासी अपनी सेवा के लिए इस एम्बुलेंस को बुला सकते हैं मेहर स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे अहम और महंगी जरूरत है एम्बुलेंस सेवा प्राइवेट एम्बुलेंस बेहद महंगी होती है गरीब परिवार के लिए तो एम्बुलेंस अफोर्ड कर पाना नामुमकिन जैसा ही है जिसे देखते हुए जन समस्या समाधान समिति ने निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू की है मेहर एस धर्मेंद्र मिश्रा एसडीओपी डी ओपी लोकेश डावर व समस्या समाधान समिति के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक पांडे ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर सेवा का शुभारंभ किया वहीं मैहार एसडीएम व एसडीओपी ने कहा कि इस तरह की सेवा के लिए यह एक महत्वपूर्ण कार्य है कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो पुलिस वाहन में ही घायलों को सिविल अस्पताल पहुँचाया जाता है अभिषेक पांडेय जन समाधान समिति ने इस सेवा की शुरुआत करके एक नई पहल और क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित किया है एम्बुलेंस शहर के लिए चलाना चाहिए भी और कालांतर में भी सब के अगर लोग पड़े तो गामने से कभी निशुल्क करेंगे कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है कई बार कोई वाहन नहीं बल्कि मिल पाता है हालांकि मध्य प्रदेश शासन की ओर से और भारत सरकार की ओर से सभी यहां पर एक 108 की सेवाएं मध्य प्रदेश में पर मरियर में जन समस्या समिति सात आठ साल से सेवा से कर रही है लोगों के बीच में जाकर और कई बार हम देख रहे हैं सड़क में दुर्घटनाएं होती है तो पुलिस विभाग की गाड़ी में ही तत्काल मरीज को जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति होता है उसे हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ता है मौके में एम्बुलेंस भी उपस्थित हो पा रही थी ऐसा लगातार देख रहे थे हमारे संस्था के सभी पदाधिकारियों के सराहनीय कार्य किया गया है चूंकि तो जब भी कोई घटना या दुर्घटना होती है तो सबसे पहले लोग पुलिस को कॉल करते हैं तो बहुत बार ये होता है की हमें पुलिस की गाड़ी में ही घायल को लाना पड़ता है क्योंकि अब